हिंदुस्तान उपचुप नहीं बैठेगा ये नया हिंदुस्तान है घर में घुसेगा भी और मारेगा भी मद इंडिया नामी ने जंग शुरू नहीं की थी बट वी विल ब्लडो